खेता में महल मिल रे वाहिता से भूदीन पुजे खेता में महल मिल रे वहासे रुमता लागे राम जी मुखम से बालो रता में रमताला